तो फ्रेंड्स हमें ये जो पार्सल है सिर्फ फ्री में जो है ऑर्डर हुआ है फ्रेंड्स वो भी कैसे हुआ है फ्रेंड्स मैं आप सभी को बताने वाला हूँ फ्रेंड्स तो इस वीडियो अनबॉक्सिंग वाले वीडियो में सो फ्रेंड्स वीडियो देखते रहिए हम जो है अभी सब सबसे सब पहले इसे जो है कट कर लेते हैं सो कट करने के लिए हमारे पास अभी एक कटर है सिंपली उससे उससे जो है कट कर लेते हैं हम इसे पैकेट को यहाँ से जो है अभी हम पटापट जैसे कट कर लेते हैं सिंपली ये जो जब तक के लिए फ्रेंड्स कट हो रहा है आप सभी जाके हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा ये फ्रेंड्स अब ये हमें जो है आप सभी को बिल दिखा देते हैं ये बिल देख लीजिए आप उसके बाद इसके अंदर जो है आप सभी को कुछ यहाँ पे ब्लैक पनी है उसके अंदर से अभी हम निकालने वाले ये देख सकते हैं फ्रेंड्स आप ये जो है मोबाइल का एक स्टैंड है जो ट्रैंगल साइज में आप सभी को देखने को मिलता है और ये जो है हमने फ्री में ऑर्डर किया है इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स